MJA Yeah Oh my god aso you gonna feel this one You need to feel this motherfucking track What's up प्यार बसे कल फाज ना, ये है ना है नासास मैंने दिया प्यार तूने दिया सारे गम सारे आम किया मेरी जिंदगी को नम मेरी जान जो भी बोला बुरा तुझे उनको किया कतले आम किया काम आ जा मेरे पास जब याद है मेरा नामा लव्यू बस कर देसान परेशान मेरे दिल में तो, तो हमेशा रहेगी समा ओ मेरी परेशान तेरे यादों में वो चाहत मेरे लिए खुबियाँ खुशियाँ और ना चाहूं प्यार, ना ना चाहिए मुझे माफी। तू सही तेरी यादें मेरे लिए काफी। से शायर बस यही है मेरी हॉबी वर्ल्ड में भी सब ना करूँ जाहिर लफ्जों से तैयार हुआ मेरा गाना हाजिर बिना किए कुछ तुझसे कर लू सब कुछ हासिल आंखों से चुरा लूंगा इस खेल का मैं माहिर oh, मेरी हो मेरी दिल में तू तो, तो हमेशा ओ मेरी जान ना हो परेशान तेरे होने से ही मिली मुझे सारी खुशिया ओ मेरी जान ओ मेरी जान, ना हो परेशान क्यूँ नफरतों से आजमाना आशिकों का दिल भी आंसुओं में डूब जाना जिंदगी में साथ चलता जख्म हंसते हंसते ही बिताना प्यार बस कल्फाज ना यकी है ना एहसास मेरी आंखों से तरी आंखों तक का सफर ना रहे मन हर पल कहीं ना कहीं भटकता फिर मेरा दिल न माने हार मोहब्बत इश में दिल से चाह तुमको मैंने पर तुम वहाँ थे चिलमिलाते जगमगाते खुशियाँ मनाते ना जुदा कर मुझको देखे यूँ सजा खा दिल से चाह तुझे मैंने बेपना न ले इमते ओ मेरी जान ना हो परेशान तेरे होने से ही मिली मुझे सारी खुशियाँ ओ मेरी जान